आपनेोलो चिप जो देखा ही होगा या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को इसके एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा ही होगा तो क्या आपको पता है कि जोला बना कहाँ था चलिए मैं बताता हूँ चिप कहीं और नहीं इंडिया में ही बना था ये इंडिया में ही बना था और इसमें जो इंग्रीडियंट्स यूज होते हैं एक होता है कैरोना रेपर नंबर टू में इसमें स्कॉर्पियन पेपर यूज होता है और नंबर थ्री में गोस्ट पेपर लाइक्राइब